Oh God! एक बार दिला दे च च च च च च चिकने कई चिकने मुझ पे फिसल गए क क क क क क कितने हाई कितनों के दम निकल गए तबा क्या होगा जो होगा तो होगा तब मुझसे